हेलो फ्रेंड्स और कम बैक टू माय चैनल स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में वीडियो Up and down. You're in a lonely window way Just I'm gonna put it fly Baby you give me midnight I You with my heart a day Don't leave me स्ट्रोक डरा गया है यहाँ पर अब आपको वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सेवा जी एच पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको दो फॉर्मेट मिलेगा यहाँ पर जेपी जी ऑफी पीएनजी आपको क्लिक करना है और सेफ्टी गले पर क्लिक कर देना है ये हमारी गलेरी में सेव हो चुका है चलिए हम आपको गलेरी ओपन करके दिखा दे रहे हैं चलिए गलेरी ओपन कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर सेव हो चुका है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यार बस इतना ही देखते रहे हमारे चैनल टेक्निकल एस थैंक्स फॉर वॉचिंग